जाता हो या घर बैठे ही सीनेचर विक्रो के पास से से ऑर्डर करने आपके जानकारी ले सकते है तो देना आज का जो टॉपिक है है उसके बारे में में आपको आपको देंगे तो तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा आपका आपका टैली टैली ओपन होना चाहिए बाद आप से आपका अगर में, अगर टैक्सेशन तो उसको आप नो कर दीजिए ठीक मैंने ऑलरेडी इसको दिया लेना होगा वो क्या है सिंपल सा लेज़र जो आपका बोल सिंपल लेज़र लेज़र ऑलरेडी है अब अगर आप पे चेंज चाहते हो या आपका जो है तो इतना इसके बाद आपका जो है वो आप उसको रहने देंगे थीके? इसका जो अंडर होगा ये एसेट होगा ठीक है है क्योंकि जो टीडीएस होता ना में रिफंड करते हो वही सेम तरीके से आप एस भी रिफंड कर सकते हो इसलिए इसको हम करंट एसेट पे रहने देंगे इसके बाद क्या करेंगे हमारा जो पार्चेस है अगर आपका जो परचेस है वो आप एनडी कार्ड हो मैंने यहाँ से ऑलरेडी यहाँ पे करके रखा है है ठीक देखिए पे जो मेरा है सपोज मान लीजिए मैंने भी आपका पार्टी नेम है या सप्लायर नेम है उसका नाम सिलेक्ट कीजिए इसके बाद आपका जो पार्चेस लेजर है वो पार्चेस लेजर सिलेक्ट कीजिए हमने यहाँ पे हमारा परचेज लेजर स्लिप कर लिया इसके बाद यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमने के जो सामान हमने इसके बाद यहाँ पे और एक नया लेजर आपको यहाँ पे डालना होगा नया ऑप्शन आपको यहाँ पे डालना होगा यहाँ पे क्या डालना होगा आपको टीसीचेस ऑफ गुड्स ठीक है टीसीचेस ऑफ गुड्स यहां पे आपको डालना होगा कितना है है 0.075 ठीक होना चाहिए ये 0.075 ठीक है तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे क्या किया ये देखिए दोस्तों और यहाँ पे थोड़ा डेट आप चेंज कर दीजिए डेट करवाता है इसलिए हमने इसको ठीक कर दिया अभी देखिए दोस्तों तो क्या हुआ मेरा जो TGS on purchase और गुड़ सा 0.75% एयर ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पे तो देखिए कितना हुआ अभी सबसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको जीरो कर दिया तो मेरा कितना purchase था 18 लाख 80,000 214 यानी के 18 लाख 80,0 14 इसका कैलकुलेटर में आप देख सकते हो 0.075 0.075 100 जैसे जैसे हम करते हैं तो 14 10 है। तो तो रुपया रुपया पे यहां पे पे है है ठीक देखिए हमने किया कुछ राउंडेड फिगर के वजह से कितना रुपया ले रहा है यहाँ पे आप कैलकुलेट कैलकुलेटर टोटल अगर आप यहाँ पे देखे दोस्तों कैलकुलेट टैक्स ऑन जो ये का करना होगा पे और एक ऑप्शन आपको होगा, ठीक है है? जैसे ही यहां पे दबा हो गया तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन के नीचे एक ऑप्शन कैलकुलेट टैक्स ऑन टोटल के ऑप्शन मिल जाएगा इसको आपको इनेबल होगा और यहाँ पे डाल दीजिए 0.075 तो देखिए दोस्तों अभी ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन कर रहा है तो इसी तरह से आपको टैली में का परचेस एंट्री कर सकते हो ठीक है चलिए दोस्तों से पहले आपको जरूर बता कि इन करने से पहले खत्म करने से पहले आपको जरूर बता दे कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलना जरूर सब्सक्राइब करें किंतु क्योंकि हमारे आने सभी सभी नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन बिजनेस रिलेटेड रिलेटेड जो के जो के सर्विस है आपको इसी चैनल पे कंटिन्यू टाइम टाइम टू मिलता ही बेल बटन को जरूर दबाए दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे दोस्तों